ये क्या करता है इसको लगा देंगे ना जैसे मोटर ऑन करेंगे तो वो करेंट को ढकेलो भाग, भाग जो तुम भाग जो उसके बाद पीछे से वोल्टेज को छोड़ता है तो करेंट का स्पीडा था वोल्टेज वो पकड़ के उसको एक ही वेब बना देता है हमारा पावर फैक्टर लगभग एक के करीब आ जाता है और हमें बिजली की बहुत ही ज्यादा बचत हो जाती है देखिए अगर आप सिंगल फेज का करेंट लिए है अपने घर में सप्लाई लिए है तो एक तो आपको दे देगा फेज हैल न्यूट्रल तो हर हाल में देगा और तीन फेज का लिए है तो चार गो तारा आएगा, तीन फेज आएगा, होते हुए कहा जाता है तो से पोल पे जाता है एक तो न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में ज्यादा अंतर नहीं है नहीं ले जाता वो ट्रांसफार्मर तक ले जाता है, है।, है? आउटपुट तो तो आपके घर में जाएगा, एक फेज्रल तो चोरी करने वाला क्या करता है किसी कमरा के पास जाके न्यूट्रल को काट केिपका देता है तो करेंट तो इधर से गया ये फ्रीज चलेगा नहीं चलेगा क्योंकि हुआ जाके, में चला गया, तो तो जाएगा को सेफ्टी हो मिल जाएगा चलियो जाएगा तो इससे जो है मीटर की रीडिंग नहीं उठ पाती थी अब मीटर खूब लगा देते थे बिजली नहीं आता था तो सरकार इससे परेशान थी तो सरकार ने उसके जगह पे ले आ दिया डिजिटल मीटर। अब अगर आप डिजिटल मीटर लगा देंगे और सोचेंगे कि इस तरह से बीच में न्यूट्रल को काट के के कर दे हम किसके थ्रू थ्रू अर्थ तो इस इस जो है ना उल्टा और फंस जाइएगा यह वाला जमाना पे रहता था जिसमें ये काम नहीं आएगा तो अभी के समय बिजली बिल को कम करने के लिए या बड़ी-बड़ी कंपनियों का पावर से भी आता फैक्टर समझिए देखिये पावर फैक्टर जो होता है सबसे तो बेस्ट तो पावर फैक्टर पावर फैक्टर आपके घर में वन नहीं रह पाता से कम रहता है तो, से कम है, है, 5 है, 2 है, तो आपका बिजली जीरो बल्ब वगैरह हो गया तो ये पावर लोड है है है इसमें कोई घूमने वाला नहीं नहीं होता है। तो ये बिजली उठा पाता है। लेकिन अगर आपका छोटे छोटे लगे होते हैं अब आप बताइए क्या है लोड, ये बल्ब वगैरह ये क्या है रेसिस्टिव लोड अ कैपेसिटर वगैरह लगे गया तो डायरेक्ट तो तो करेंट तो को डाइनेटर और अल्टरनेटर को कहते हैं एसी जनरेटर जनरेटर तो के दो टाइप होते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी फेरा दिखेगा एक लेकिन जो घर में करेंट आ रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पचास होती है देखिए इसमें तभी अच्छा माना जाता है तो जितने भी रेसिस्टिव आपके लोड होते हैं या कैपेसिटिव लोड होते हैं इसमें देखिए यहां हम काले रंग से बना दिए वोल्टेज और लाल रंग से बना दिए आपका करेंट तो ये दोनों एक ही पर होते हैं इसलिए आपका जो होता है पावर फैक्टर वो सेम सेम होता है इसलिए पर नीचे रखिएगा तो कट के वन आ जाता है इसलिए इसे अच्छा माना जाता है इसे भी अच्छा माना जाता है लेकिन जब आप कभी वायर को लगाते हैं यानी इंडक्टिव लोड को लगाते हैं मोटर फैन वगैरह को तो इसमें पंखा जो घूमने लगता है ना तो ये करेंट को रोक लेता है तो जिस वजह से इसका ग्राफ ऐसे बनता है काला वाला मतलब वोल्टेज वोल्टेज का ग्राफ आगे चला जाता है और करेंट पीछे रह जाता है तो वोल्टेज आगे चला गया करेंट पीछे रह गया तो करंट को ऊपर रख के वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चला आता है तो वही आपका जो पावर फैक्टर होता है ना वो एक से नीचे जाने लगता है आप वोल्टेज के बराबर कीजिएगा लेकिन इस होगा ही नहीं क्योंकि मोटरवा जब जब चलेगा तो करंट वह पीछे ही रह जाएगा वोल्टेज वा तो इसका एक रास्ता है जैसे मान लीजिए किसी दो आदमी को एक जगह पे पहुंचना है दस किलोमीटर की दूरी परीमा दौड़ने तो तो एक काम कीजिए ना अगर साथे है है पहुंचाना दौड़ने वाले को पहले ढकेलो तो तो भाग, भाग जो तुम भाग और उसके बाद पीछे से वोल्टेज को छोड़ता है का है के जिस वजह से हमारा पावर फेक्टर लगभग के करीब आ जाता है और हमें बिजली की बहुत ही ज्यादा बचत हो जाती है